नमस्कार मित्रों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर जिसका की नाम है टेक बिहारी जी चैनल आज हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में तबादलों पर से पाबंदी हट सकती है ए न्यूज़ पर शिवराज सरकार की पॉलिसी तैयार है समावत मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने में अब कुछ ही महीने शेष रह गए हैं ऐसे में सरकार सरकारी कर्मचारियों पर विशेष ध्यान दे रही है दरअसल चुनाव से पहले शिवराज सरकार 25 अप्रैल से एक महीने के लिए ट्रांसफ़र से सेवेन हटा सकती है सूत्रों की माने तो सरकार इसके लिए पूरी तैयारी कर चुकी है तबादलों का दौर पूरे एक महीने चलेगा राजधानी भोपाल में इसी महीने कैबिनेट की बैठक होना है माना जा रहा है कि नई ट्रांसफर पॉलिसी पूरी तरह से बनकर तैयार है इसे कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल सकती है मिली जानकारी के अनुसार तबादला नीति जल्द लागू करने के लिए मंत्री और विधायकों का सरकार पर दबाव है इस बार माना जा रहा है कि 35 से 40 हजार अधिकारी कर्मचारी इधर से उधर हो सकते हैं इससे पहले पिछले साल 17 सितंबर से 5 अक्टूबर तक ट्रांसफर हुए थे ट्रांसफर के लिए प्रस्तावित नीति प्रदेश में तबादलों के लिए जो ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है उसके अनुसार राज्य संवर्ग के अंतर्गत डिपार्टमेंट हेड और फर्स्ट क्लास अफसरों का ट्रांसफर मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद होगा विभागों में पदस्थ फर्स्ट सेकेंड और थर्ड कैटेगरी के अधिकारियों के ट्रांसफर विभागीय मंत्री के अनुमोदन के बाद अपर मुख्य सचिव प्रमुख सचिव और सचिव जारी करेंगे जिला संबर्ग में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों का ट्रांसफर प्रभारी मंत्री के अनुमोदन के बाद होगा इसके आदेश विभागीय जिलाधिकारी जारी करेंगे यदि विभाग अपनी ज़रूरतों के संबंध में अलग से तबादला नीति बनाना चाहते हैं तो उन्हें सामान्य प्रशासन विभाग से अनुमति लेनी होगी तो मित्रों यह है आज की खबर उम्मीद है आपको पसंद आई होगी धन्यवाद